कर लें और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके